प्रिय दर्शकों नमस्कार वार के अधिपति देवता भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में वंदन करते हुए मैं ज्योतिर्मिदाशीष पांडे लखनऊ से आप सभी के समक्ष दिनांक 4 अप्रैल 2019 का दैनिक राशिफल प्रस्तुत करने जा रहा हूं दर्शकों हमारा प्रस्तुत राशिफल चंद्रमा के गोचर के पर आधार पर आधारित है आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस घर में बैठे होंगे वो आपकी राशि होती है तो यदि आपको भी नहीं पता है कि आपकी चंद्र राशि क्या है आप लोग फटाफट कमेंट करिए अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस डालिए उसके बाद हम पूरा हमारा यही प्रयास रहेगा कि कमेंट के माध्यम से हम आप लोगों को अवगत कराएं कि आपकी राशि कौन सी है और तमाम दर्शक देखिए जुड़ गए हैं किरण पटेल जी हैं राम राम किरण जी दर्शकों आगे बढ़े पंचांग पर भी दृष्टि डालते हैं पंचांग हमारा लखनऊ क्षेत्र को मानक मान करके बनाया गया है और एक आवश्यक सूचना की उन्नीस बीस इक्कीस इंदौर उज्जैन महाकाल की नगरी भोले बाबा की नगरी वहां पर हमारा आगमन है तो जो भी इच्छुक दर्शक अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं वो लोग करवा सकते हैं खैर पंचांग दृष्टि डालते हैं विक्रम संबत 2075 हजार पचहत्तर संबत 1940 संबत्त संवत्सर जो चल रहा है ये नामक चल रहा है है उत्तरायण और बसंत ऋतु है चैत्र मास है कृष्ण पक्ष है राज जो तिथि है यह चतुर्दशी रहेगी दोपहर तो बारह बजकर बावन मिनट तक की इसके उपरांत अमावस्या तिथि लग जाएगी हमने आपको पूर्व में बताया था कि चतुर्दशी तिथि के दिन शहद का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए किसी भी प्रकार का दान भी नहीं देना चाहिए और खाना भी नहीं चाहिए नक्षत्र रहेगा पूर्व भाद्रपद इसके उपरांत उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र इसके उपरांत उपरां और चंद्रमा जो रहेंगे आज पूरे दिन चंद्रमा का गोचर रहेगा मीन राशि में सूर्योदय की बात करें तो सूर्योदय सूर्यास्त की बात करते हैं आज सूर्योदय होगा छह बजकर बारह मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को छह पर और दर्शकों ग्रहों के गोचर की स्थिति पर भी एक बार दृष्टि डाल लेते हैं कौन कौन से ग्रह गोचर किस किस राशि में संचरण कर रहे हैं क्या है इस पर भी दृष्टि डालते हैं तो सूर्य मीन राशि में चंद्रमा मीन राशि में गोचर कर रहे हैं अमावस्या तिथि भी देखिए लग जाएगी सूर्य चंद्रमा का जब कॉम्बिनेशन होता है तो अमावस्या योग भी बनता है और चतुर्दशी के बाद अमावस्या का भी जो है मतलब लग जाएगा अमावस्या के दिन क्या नहीं करना चाहिए तो किसी भी प्रकार के रिलेशन नहीं बनाने चाहिए शारीरिक रिलेशन नहीं बनाने चाहिए और मंगल वृषभ राशि में गोचर कर रहा है बुध कुंभ राशि में इस समय अस्त है मार्गी है गुरु धनु राशि में उदित है शुक्र कुंभ राशि में शनि धनु राशि में उदित है राहु अपनी उच्च राशि मिथुन में और केतु अपनी उच्च राशि धनु राशि में गोचर कर रहे हैं और दिशा जो है, ये दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए आज का जो गुरुवार की यात्रा होती है दक्षिण दिशा की ओर मनाही होती है अब यदि करना भी पड़ जाए तो कोशिश कीजिएगा कि दही खा करके यात्रा करिएगा और उत्तर दिशा में पांच कदम पहले चलिएगा फिर दक्षिण की ओर चलना है राहुकाल की बात करें तो दोपहर तेरह मिनट मिनट से 15 27 तक की की। राहु राहु काल रहेगा। राहु काल रहेगा। में में आप लोगों को को किसी भी भी प्रकार के शुभ कार्यों बिल्कुल नहीं करना है है हमारे शास्त्रों में है इन चीजों दर्शकों यात्रा विचार हमने आपको बता दिया कि कोशिश कीजिएगा कि यदि दक्षिण दिशा की ओर बच सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा फिर बाकी आपकी मर्जी तो मेष राशि की ओर चलते हैं आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा क्या कहते हैं मेष राशि के लिए आज के सितारे और फटाफट आप लोग देखिए कमेंट करिए कमेंट के माध्यम से जो है आप लोग अवगत कराइए कि आप लोग जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं और प्रतिदिन रात्रि 10 से 11 के मध्य हमारा लाइव राशिफल आता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी दिया गया है उस नंबर पर आप लोग जो है संपर्क कर सकते हैं मेष राशि की ओर तो किसी किसी लगी रहेगी परं आज आपको सीमित संसाधनों से ही काम चलाना पड़ेगा आर्थिक विषय संबंधी मामलों में आज अच्छा दिन रहने वाला नहीं है किसी को आज आपको उधार वगैरह बिल्कुल भी नहीं देना है पारिवारिक वातावरण तालमेल की कमी के के के कारण कुछ बिखरता हुआ नजर आ रहा है तो तो उपाय के तौर पर पर करना क्या रहेगा तो यहां पर बताना चाहेंगे कि आज जो मेष राशि जातक हैं ये आज हल्दी डालकर के जल में तब स्नान करें और केसर का सेवन जितना ज्यादा हो सकता है आज केसर का सेवन यदि करते हैं तो यकीन मानिए आज दिन परमानंद रहेगा और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी बस ये है कि आज आपको अपना जितना हंड्रेड परसेंट है यह आपको देना है किसी प्रकार से कोई आपको जो है कामचोरी नहीं करनी है शुभ कलर की आपके बात करें तो येलो कलर आपका शुभ कलर वही वृषभ राशि की ओर तो है। चलते हैं तो आज का दिन सावधानी पूर्वक बिताइएगा आज आपका मन अनेक प्रकार की चिंताओं से ग्रस्त होगा स्वास्थ्य कुछ बिगड़ सकता है खास करके आज आंखों से संबंधित कोई पीड़ा हो सकती है आत्मजनो एवं परिवारजनों से आज विरोध होगा आज प्रारंभ किए हुए सभी कार्य आपके अपूर्ण होंगे जिसके कारण मन में आज आपके किसी भी जो है मतलब नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा आएंगे आज के दिन घर परिवार और सार्वजनिक क्षेत्र पर चार बजे के बाद सम्मानजनक कुछ स्थिति बनती हुई नजर आ रही है के को। सरकार, कागजी, थोड़ी उधार नहीं देना है महिलाएं यदि मौन रहती है तो बहुत अच्छा है अन्यथा किसी से झड़प हो सकती है तो मौन रहना ही बेहतर रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आप लोग विष्णु सहस नाम का पाठ करिए और कोशिश कीजिए कि आज किसी अपंग व्यक्ति को कुछ मीठा आप जरूर खिलाइए मिथुन राशि की ओर चलते हैं उससे पहले शुभ कलर बताए दे रहे हैं तो आज आपके लिए शुभ कलर रहेगा लाइट ब्लू कलर और शुभ अंक की बात करें तो अंक दो आपका शुभ अंक रहेगा चलिए दर्शकों हमारी अगली राशि आती है मिथुन राशि उससे पहले अपना फोन ऑन कर लेते हैं और आप तभी सभी लोगों को शिकायत रहती है कि फोन नहीं उठाते हैं तो प्लीज मफ करिएगा आप लोग फोन करिए फोन जरूर उठाएंगे मिथुन राशि की ओर चलते हैं तो धन प्राप्ति के लिए शुभ दिन है मित्रों से मुलाकात आज रहेगी आज घूमने फिरने के लिए आप बाहर जा सकते हैं किसी उच्चाधिकारी से आज आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है पत्नी और पुत्र की ओर से आज आपको लाभ रहेगा उत्तम भोजन सुख है संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलेंगे और नौकरी व्यापार में लाभ एवं आय में वृद्धि होती हुई मिथुन राशि के जातकों को दिख रही है उपाय क्या करना है प्रयोग क्या करना है आज पीपल के वृक्ष पर आपको जाना है और जल में हल्दी डालकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये भगवान विष्णु का मंत्र है देखिए मंत्रों में बहुत ताकत होती है और यदि आप अच्छे से जप लें तो फिर कहने ही क्या तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से आप चाहिए अर्पण करिए जल का और भगवान विष्णु से कामना करिए मांगिये जो भी आपकी विष हो उनसे मांगिए अब चलते हैं शुभ कलर की ओर तो आपके लिए लाइट ग्रीन कलर शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक एक आपका शुभ अंक रहेगा कर्क राशि पर आगे बढ़े उससे पहले एक फोन कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं हेलो हेलो हाँ जी बोलिए हाँ जी बोलिए नमस्ते मेरा नाम आरदा ना सागर है बताइए जी प्रदेश ग्यारह चार इक्यानवे जी टाइम अंतर आ रहा है उत्तर प्रदेश के बारे में रहा था थोड़ा तो मेरे भाई ये आपके भाई हैं ये कोई बिजनेस करते हैं क्या इधर प्राइवेट जॉब करते हैं अच्छा किस चीज के जॉब करते हैं इसमें ब्रांड फैक्ट्री में, में अच्छा किस ब्रांड की फैक्ट्री में है इनका तो ठीक है क्या है शादी गवर्नमेंट जॉब कर देखिए गवर्नमेंट जॉब के की योग बहुत अच्छे नहीं है ये जिस लाइन में है ना ये उसमें जा सकते हैं आगे बढ़ सकते हैं तो ठीक है जी इनको एक कहीपल पहन लेंगे बिजनेस तो कर सकते हाँ बिजली बिजनेस कर सकते हैं फूड से रिलेटेड कोई चैन चला सकते हैं फूड खाने पीने से अच्छा की ओर बढ़ते हैं तो का है। प्रसन्न आज आज पदोन्नति होने के योग है उच्चाधिकारियों से आज महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी विचार विमर्श होगा और आपकी बातों को आज मान सम्मान दिया जाएगा उच्चाधिकारी आज आपकी बातों को जो है बहुत ज्यादा वैल्यू देंगे परिवार जनों के साथ कुछ बात विवाद होता हुआ दिख रहा है तो परिजनों से आज आपको भेड़ना नहीं है और आज कोई नई जॉब भी मिलती नजर आ रही है यदि आपकी कर्क राशि है आप लोग देख लीजिएगा कोई ना कोई नए जॉब का ऑफर आज आपको मिलता हुआ आएगा आप जाएंगे अगर आपका कोई इंटरव्यू होगा तो उसमें आज आप सफल होते हुए नजर आएंगे उपाय क्या करना रहेगा कर्क राशि के जात तो कर्क राशि के जातकों आज गजेंद्र मोच का आप लोग पाठ तो को लो गिफ्ट कर दीजिए और तो ये तो दो आपका शुभ अंक रहेगा चलिए सिंह राशि की ओर बढ़ते हैं कैसा रहेगा सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन तो धार्मिक और मांगलिक कार्यो में आज का दिन बीतेगा धार्मिक यात्राओं का योग सिंह राशि के जातकों को है आज किसी प्रकार की जो है आप गतिविधियों में भाग लेंगे और प्राप्ति होती हुई दिख रही है कोशिश कीजिएगा शेयर मार्केट में पैसा वगैरह मत लगाइएगा अन्यथा फंस सकता है आप लोगों का धन करना क्या रहेगा उपाय क्या करना रहेगा उपाय के तौर पर बताना चाहेंगे की आज आप लोग अपने आराध्य देव सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए और हो सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान विष्णु का मंत्र है इसकी एक माला का आप लोग जाप करिए जो छोटे बच्चे यदि मिल जाए दस साल से कम एज के तो उनको आप पेंसिल कर सकते हैं रबर कर सकते हैं शॉर्पनर ये सब आप उनको गिफ्ट में दे दीजिए शुभ कलर की बात करें तो आज के लिए आपका शुभ कलर बन रहा है व्हाइट कलर शुभ अंक की बात करें तो अंक छः आपका शुभ अंक रहेगा कन्या राशि पर आगे बढ़े उससे पहले एक फोन कॉलर और जुड़ गए हैं हेलो राम राम जी राम राम जी दुन्या। मुझे फ्यूचर का का जानना था मेरा जन्म जर। सिकम्... हुआ रात बजे पूरा तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि समय की एक सीमा है लेकिन स्ट्रगल बहुत ज्यादा दिखा रहा है पति के साथ आपकी बनेगी नहीं आपको पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी मम्मी को आपके माता को खास करके कमर के निचले भाग में कोई जरूर दिक्कत होगी सही बोल रहे हैं हाँ जी सही है हाँ और बताइए क्या हम हाँ जीड वजन बढ़ेगा थायराइड की दिक्कत रहेगी और तो भैया आप कोशिश कीजिए कि प्रतिदिन कुछ देर पैदल आप चलिए व्यायाम करिए जितना पसीना आप अपने शरीर से निकाल सकती है ठीक रहेगा वैसे भी तीन नवंबर 2011 के बाद राहु की दशा उतर रही है आपके लिए अच्छा है और अच्छे संकेत लेकर के डाला था थे। आपने बताया था और अगले दिन लग गई थी तब तो आप फिर तब तो आप मिठाई खिलाइए ना अगर आपकी जॉब लगी है कुछ उपाय तो ये तो अब आप बिल्कुल मैं मैं कोशिश कर कर रही रही अब है है एग्जाम जुलाई में नहीं ठीक है और नौकरी परिवर्तन का योग भी दिखा रहा है पाँच दिसंबर 2019 के बाद से नौकरी परिवर्तन का योग है ये भी बिल्कुल श्योर है जैसे हमने आपको तब बताया था वैसे अब भी बता रहे नौकरी परिवर्तन का पूरा पूरा योग है थोड़ा सा मेहनत करिए परिश्रम करिए एक उपाय आप कर लीजिएगा पूर्णिमा का व्रत उठा लीजिए फुल मून के दिन आपके बॉडी में बिल्कुल भी समझ लीजिए ब्लड में आपके नमक घुलना नहीं नमक नहीं खाना उस दिन पूर्णिमा का व्रत बाकी और अपनी कुंडली का एक बार विश्लेषण करवा लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा मिल करके करवाइए हाँ, हाँ जी जी लखनऊ लखनऊ आपका पड़ता है ठीक है जी राम राम देखिए हमारे परिवार परिवार से तमाम लोग जो है अच्छी अच्छी सेवाओं में जा रहे है तो सभी लोगों को एक बार बताई हो और ये केवल एक हमारा नहीं है ये आप लोगों का है आप लोगों का जो दो लाख अड़तालीस हजार लोग हैं ये उनका आशीर्वाद है हम कुछ नहीं है आप लोगों के बिना और आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है रुपया पैसा धन दौलत तो सब छूट जाएगा उस तरीके के प्रोफेशनल जो भी हम नहीं है यूट्यूब की तरह आप जो लोग हमसे बात करते होंगे वो लोग जानते होंगे की एक बार फीस ले लें ले, उसके बाद फिर पूजा पाठ पकड़ा दें फिर और उनसे फीस लें फिर और उनसे फीस लें कोई कुछ कहता है कि ये हमारा शोध है फलाना धमाका आइए एक बार हमसे मिलिए ये कर देंगे वो कर देंगे लेकिन जब दर्शक हमारे बताते हैं कि सर उनसे जब हम बात करते हैं तो दो मिनट में हाँ बताइए क्या प्रॉब्लम है कैसे है आपकी तरह कोई नहीं बताता कि आप हमारे बारे में पास्ट में बता रहे हैं प्रेजेंट में क्या चल रहा है ये भी आप बता रहे हैं तो इस तरीके से कोई नहीं है तो खैर चलिए आप लोगों का आशीर्वाद है प्यार है और जो उपाय बताते हैं दर्शकों को बिल्कुल सिंपल रहता है कोई बहुत ज़्यादा तामझाम का नहीं होता है भाई अपने पिता के पैर छुएंगे सूर्य मजबूत होगा माता की सेवा करेंगे चंद्रमा मजबूत होगा कल भी हम ये चीज आपको बता रहे थे पत्नी की इज्जत करेंगे मान सम्मान देंगे आपका जो है क्या कहते हैं शुक्र मजबूत होगा अपने नाना नानी की सेवा करेंगे मामा की सेवा करेंगे या अपने जो है जो आपके साले हैं इनकी आप लोग सेवा करेंगे आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होगा तो तमाम चीजें दर्शकों देखिए कुंडली में होती है बस पहचानना हम ही लोगों को होता है चलिए कन्या राशि की ओर चलते हैं तो कन्या राशि की कन्या राशि की ओर बढ़ते आरोग्य आज आपके अंदर किसी प्रकार की कोई जो है रोग आता हुआ दिख रहा है खासकर बाहर का खाना पीना आज आपको टलना फूड पॉइंजनिंग हो जाएगी आज आप बहुत ज्यादा क्रोधित रहेंगे पर रखिएगा परिजनों से उग्र वर्ताव के कारण मन को दुख न पहुंचेगा बहुत अधिक दिख रहा है आज सरकार विरोधी प्रवृत्तियों झगड़े झंझटों से दूर रहे तो कन्या राशि के जात को बेहतर रहेगा अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दीजिएगा खास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं इनको विशेष ध्यान देना है और उगते सूर्य के आज आप दर्शन करिए उपाय के तौर पर बता रहे हैं दूसरा आज आपको करना ये रहेगा कि हाँ पीपल के वृक्ष में देसी घी का एक आज आपको दीपक जलाना रहेगा अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों आज कोशिश कीजिएगा कि स्वास्तिक जरूर बना दीजिएगा बहुत शुभ होता है स्वास्थिक देखिए आप यदि मुस्लिम भी हैं आप सात जो है जो है वो करिए पंजाबी है कों वाला जो है आप वो लगा सकते हैं हर एक धर्म की ये सब पावर होते हैं सिंबल जो होते हैं पावर होते हैं आप क्रिश्चियन है तो क्रॉस होता है वही आप लोग बना दीजिए ऐसा कुछ नहीं है कि आप स्वास्तिक बनाएंगे वो नहीं बनाएंगे ये एक प्रकार के आपके अवचेतन मन की ताकत होती है तो जिस धर्म से भी आप बिलोंग करते हैं उसका शुभ चिन्ह जो होता है वो अपने मेन गेट पर जरूर बनाइए और गणेश जी को आप लोग मत बैठाइएगा मुख्य द्वार पर ये हाथ जोड़ करके निवेदन है कि कई तमाम जो है पंडित लोग बता दिए कि गणेश जी को मुख्य द्वार पे रखेंगे एक आगे से एक पीछे से ये सब मत रखिएगा ये भगवान का समझिए कि एक प्रकार से आप लोग अनादर कर रहे हैं आपके घर में आपके मंदिर में जो गणपति बप्पा है आप उन्हीं की सेवा करिए वो पर्याप्त रहेगा और ये किसी किताब में नहीं लिखा है कि सामने आप जो है मेन गेट पर गणपति को बैठाएंगे तो आपके साथ अच्छा होगा आप स्वास्तिक बना सकते हैं आप ओम लिख सकते हैं ये सब आप कर सकते हैं लेकिन प्लीज़ गणेश जी को इस तरीके से आप लोग मत करिएगा हम इन सब चीज़ों की बहुत मनाही करते हैं तो कन्या राशि के जात शुभ कलर की यदि आज हम बात करें तो आपके लिए शुभ कलर रहेगा सफेद शुभ अंक रहेगा अंक छे तुला राशि की ओर पढ़ते हैं तो आज का दिन आनंद में बीतेगा और नए वस्त्रों की खरीद होगी एवं वस्त्रांग अलंकार से आज आप जो है प्रसंग भी आएंगे तन मन की तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी लोगों के साथ मान सम्मान आज आपको मिलेगा भोजन सुख उत्तम है उच्चाधिकारियों का सहयोग आज, आज आपको उत्तम मिलता हुआ नजर आ रहा है आज आप जिस कार्य करने की योजना बनाएंगे उसमें आप सफल होंगे आज, आज आपको आसपास का वातावरण उत्साह बढ़ाने वाला मिलेगा कार्य व्यवसाय में आरंभिक मंदी के बाद मध्यान्ह पश्चात लाभ स्थिति बनेगी शाम तक की अच्छा धन लाभ होता हुआ दिख रहा शेयर मार्केट में भी यदि आपने कोई पैसा लगाया है तो क्रिप्टो में भी लगाए तो आज उसमें कुछ आपको लाभ होता हुआ दिखेगा उपाय क्या करना रहेगा तुला राशि के जातकों को तुला राशि के जातकों आज कोशिश कीजिएगा कि आप लोग गजेंद्र मोच का पाठ करिए और बृहस्पति वाले दिन आपको जो है आज बृहस्पतवार दिन रहेगा तो आज के दिन कोशिश कीजिएगा कि सुगंधित वस्तुओं का दान करिएगा शुभ कलर की आपके बात करें तो नीला रंग आपके लिए शुभ रहेगा अंक तीन आपका जो है शुभ अंक रहेगा हमारी अगली राशि राशि आती वृश्चिक उससे पहले फोन कॉलर जुड़ गए हैं हैं ले लेते हैं। Hello, हाँ जी राम राम जी, मैं हर्षित रायपुर जी हाँ जी जी बताइए मुझे अपने भाई के बारे में पूछना हर्षित जी, आपकी माता जी बात कर चुकी हैं क्या नहीं, नहीं, जी, मैं आपको अच्छा बताइये बताइए नाम है सोलह मार्च जी टाइम है 11:40 एक जी right. भाई साहब इनको आप प्रशासनिक सेवा की तैयारी कराइए अभी तो हमको लगता है इनका इंटर वगैरह होगा अभी ये जस्ट हाँ। दिया है जी इंजीनियरिंग सेक्टर इंजीनियरिंग सेक्टर करने के बाद ये सिविल सर्विस में जाएंगे और हंड्रेड एंड टेन परसेंट इनको जो है उच्च उच्चाधिकारी बनेंगे ये बायो लिया था अच्छा बायो तो बायोलॉजी से भी तो जा सकते हैं सिविल सर्विस में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक्चुअली में है क्या जो है शुक्र उच्च का हो गया कर्म स्थान में तो एक अच्छा संकेत है जिस भी सेक्टर में जाएंगे बायोलॉजी लाइन में भी तमाम अच्छे पोस्ट होते हैं सीएमओ रैंक तक की आदमी जाता है जी इनको एक ओपेल पहना दीजिएगा आंख बंद करके सूट करेगा जबरदस्त सूट करेगा अच्छा, तो तो क्योंकि कर्मेश इनके जो कर्मेश है या दसमेश है इस, इसी की महादशा इनकी चल रही है और उच्च के हैं वक्री हो गए हैं सूर्य के साथ बैठे हुए हैं तो आप इनको ओपेल पहना दीजिएगा चांदी में ठीक है जी वैवाहिक जीवन इनका सुखमय नहीं रहेगा हालाकि उसकी बाद में बात करेंगे लेकिन अभी के लिए इनको एक ओपेल पहना दीजिएगा ठीक है जी बार बार थे, बार थे, बार थे। ठीक है जी ये जब बन जाएंगे तो मिठाई लेके चलिए धनु राशि की ओर चलते हैं तो धनु राशि के जातकों आज का दिन अधिकांश समय कलह में आपका बीतेगा आर्थिक स्थिति आज आपकी कुछ डामाडोल होगी जिस कारण आपको क्रोथ बहुत ज्यादा आएगा और संबंधों के प्रति लापरवाह रहेंगे आज घर में के के के साथ कोई विवाद हो जाएगा, वर्ग के बाद व्यापार को लेकर परेशान होते हुए नजर आएंगे आज आपकी मानसिकता थोड़ी सी डगमगाएगी, इसको आपको बचा के रखना है संतान पक्ष के तरफ से भी कुछ आपको क्रोध आता हुआ दिख रहा है संतान के ऊपर आज आप क्रोध करेंगे और वाहन सावधानी पूर्वक चलाना रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज आप लोग व्रत रहिए नमक का सेवन बिल्कुल भी मत करिए धनु राशि के जात को और यदि हो सके तो चने की दाल इसका दान धर्म स्थान पर आप लोग करिए शुभ कलर की बात करें तो येलो कलर आपका शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक नौ आपका शुभ अंक रहेगा हमारी अगली राशि आती है कैप्रिकॉन मकर राशि तो मकर राशि के जातकों आज का दिन आपके लिए धन लाभ कराने वाला रहेगा आज आपको जिस कार्य में हानि की संभावना रहेगी उससे भी आपको अकस्मात धन लाभ मिलेगा परिवार की महिलाएं आज आपको कुछ विशेष भूमिका में नजर आएंगी आपकी हेल्प करती हुई नजर आएंगी और आज देखिए आप अगर अविवाहित हैं तो कोई रिश्ता आपको मिलेगा जो आगे विवाह के बंधन में प्रेड़ित हो आज आपको व्यवसनों से दूर रहना है किसी भी प्रकार किसी भी जो है महिला का दिल नहीं दुखाना है और कोशिश कीजिएगा कि ऑफिस में थोड़ा कम बोलिएगा अन्यथा मानहानि हो सकती है वह शारीरिक हानि का भी योग है वाहन सावधानी पूर्वक चलाना रहेगा मकर राशि के जात को आज शेयर मार्केट में आप निवेश कर सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा निवेश मत करिएगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा मकर राशि के जातकों को तो मकर राशि के जातकों आज कोशिश कीजिएगा दो चार ब्राह्मण तो भोजन करा दीजिएगा इतना छोटा सा काम है और यदि हो सके तो आज पीपल के वृक्ष पर आपको सिंपल जल चढ़ाना है थोड़ा सा गंगा जल डाल करके और उसके बाद आप अपने कार्य पर दही खा करके निकलिएगा हमारी अगली राशि आती है कुंभ राशि कैसा रहेगा कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन तो आज के दिन कुछ कार्यो को लेकर आप की स्थिति में रहते हुए नजर आएंगे अन्य लोगों के देने पर आज आप हो सकता है कि कुछ कंफ्यूजन में रहें भ्रमित रहें अपने मनमानी रहिये के चलते आज आपको हानि होती हुई दिख रही है कुछ महत्वपूर्ण कार्य अनुभवी व्यक्ति की सहायता से लेकर ही करिएगा कार्य व्यवसाय में आज कुछ विशेष सफलता नहीं मिलेगी परिवार में आज किसी सदस्य की इच्छा पूर्ति ना होने पर घर का माहौल खराब होता हुआ नजर आएगा और आज आप घूमने फिरने के लिए बाहर जा सकते हैं मनोरंजन के साधनों पर पैसा खर्च होता हुआ नजर आएगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए बड़े बुजुर्गों का आज आप पैर छू करके आशीर्वाद लीजिए दूसरा करना ये रहेगा कि आज आप धर्म स्थान की सफाई करिए स्थान का मतलब हो गया कि आपके आसपास जो भी मंदिर है वहाँ पर जाइए झाड़ू पोछा इत्यादि कि आप हाँ गा गाय को एक दर्जन केला खिला दीजिएगा शुभ कलर की बात करें तो आपके लिए येलो कलर शुभ कलर रहेगा शुभ अंक रहेगा अंक सात चलिए अंतिम राशि पर आ गए इसी पड़ाव के साथ देखिए समय हो रहा है और आप लोगों से अब विदा लेने का समय आ रहा है लेकिन अंतिम राशि बता करके ही आपसे विदा लेंगे और दर्शकों 19 बीस इक्कीस इंदौर और उज्जैन में आप लोग मिल सकते हैं तो मीन राशि आपको खर्च पर संयम रखने की आज जो है सितारे सलाह दे रहे हैं क्रोध एवं बाड़ी पर आज आपको संयम रखना रहेगा आज ऐसे योग बन रहे है कि आपकी टकरार आपसे अधिक शक्तिशाली लोगों से होती हुई दिख रही है भागदौड़ भरा दिन आज रहने वाला है बेरोजगार लोगों को कोई रोजगार आज आज मिलता हुआ दिखेगा आर्थिक रूप से दिन रहने से दिन रहने उत्तम रहेगा खर्चे बहुत ज्यादा रहेंगे आज बस ये है कि आप लोग अपने गिब्बा पर, पर काबू रखिएगा नौकरी पेशा जातक को आज कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेदारी कार्य बढ़ता हुआ दिख रहा थकान का अनुभव करेंगे घर में मांगलिक आयोजन हो सकते हैं तो उपाय क्या करना रहेगा मीन राशि के जातकों को मीन राशि के जातकों आज कोशिश कीजिएगा कि आप लोग जल में थोड़ा सा चंदन पाउडर डाल करके स्नान करें और हो सके तो आपको आज बृहस्पतिवार का व्रत उठा लीजिए ठीक रहेगा नमक का सेवन बिल्कुल भी मत करिएगा तो ये तो था मेष से लेकर मीन राशि तक का राशिफल मीन राशि के लिए जो शुभ कलर रहेगा ये आज रहेगा येलो कलर शुभ अंक रहेगा अंक छे और बीरेंद्र जिंदल जी हैं शैल कुमार जी हैं और तमाम लोग देखिए जुड़ गए हैं और ओम ओम लिख करके बहुत अच्छी चीज है सरयू जी हैं राम राम जी आप सिलाई मशीन इसी शुक्रवार को खरीद लीजिएगा आपने कमेंट करके पूछा था ओम प्रकाश साहू जी हैं 24 दिसंबर 2000 तो दर्शकों दीजिए इजाजत और राहुल जी ने लिखा है गुरु जी वृश्चिक राशि है मेरी पिछले कुछ सालों से फाइनेंशियल भाई साहब आपकी वृश्चिक राशि हमारी भी वृश्चिक राशि है शनि की साढ़े का अंतिम चरण है थोड़ा सा और समय रह गया है हंस के खेल के काट लीजिए पीपल के वृक्ष को आप जल दीजिए और आपकी जो है दूर जल सब लोग हमारे साथ बोलिए जय हिंद वंदे मातरम और भारत माता की जय इस देश में रहिए इस देश के लिए सोचिए जो है उससे कार्य मत करिएगा कि कल को आपको पछताना पड़े तो अभी आपके पास मौका है आपके मताधिकार का अपने प्रयोग करिएगा और दीजिए इजाज़त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए